प्रभुआ बसो बिंदापन में मेरी उम्र गुजर गई गो मेरी उम्र गुजरे गई गो खुल में मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में मेरी उमेर गुजर गई गोकुल में प्रभु आरपावन में मेरी उमेर गुजर गई गोकुल प्रभु आरूप बच प्रभु राम में कुया खुदा देना प्रभु राम में कुया खुदा देना जल भरुंग के लिए महा आ जाना जल भरुंगी अकेी महान आ जाना प्रभु आप बसो प्रभु प्रभु राम में बगिया लगा देना प्रभु राम में बगिया लगा, लगा देना फुल रूंगी अटली जाना फुल लो रूंगी लटे महाया जाना प्रभु आए बसों बिंदल में मेरी उम्र भू गई वो फुल गए प्रभु प्रभु राह में त्रबु। त्रबु प्रभु राम मंदिर बना देना पूजा करूँगी अकेली महा आ जाना पूजा करूँगी अकेली महा आ जाना प्रभुआप बसो निंदा मन में मेरे मुँह में गुजर गई हो प्रभुआस बचो मेरी उम्र गुजर गई गो में मेरी उम्र गुजर गई गो में मेरी उम्र गुजर गई गोसल प्रभुआ बसों बिंदाबन में मेरी उम्र गुजर गई गोसुल